हेलो गाइज तो कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन गेमर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स की तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी डेली गेम अपडेट्स देखने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गैज हमारी फर्स्ट अपडेट आ रही है 420 ट्वेंटी की साइड से गाइज बहुत टाइम बाद 420 ट्वेंटी ने यूट्यूब पर इस टीम स्टार्ट कर दिया है तो गाइज उनकी चैट में स्पैम हो रहा था कि वो कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हैं तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने रिप्लाई किया कि वो जल्दी आप लोगों को बता देंगे वो कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हैं तो गाइज अभी फोर ट्वेंटी है वो ओ के साथ स्क्रीम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो गाइज आपको क्या लगता है कि वो ओ ज्वाइन करने वाले हैं या नहीं मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ साथ ही उन्होंने उनसे पूछा गया कि पी एम सी कौन है तो गाइज उन्होंने कहा इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता बट गाइज बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो रहेगा है तो गाइज़ आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि वो रहेगा है या नहीं है गाइज वही नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऐसे ट्वेल्थ की साइड से तो गाइज ऐसे ट्वेल्थ ई ने अपनी बेलोरेंट की लाइनअप को डिस्पेंड कर दिया है बट गाइज जो एट बिट बिंग्स हैं वो एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर ऐसे में काम करने वाले हैं तो गाइज जो ठग उन्होंने कहा कि इस पेंडमिंग के बाद वो बेलोरैंड की लाइनअप को फिर से अनाउंसमेंट कर देंगे गाइज भाई नेक्स्ट अपडेट आ रही है थक साइड से तो गाई थक ने कि वो जल्दी क्यू एन वीडियो लेकर आने वाले हैं गोल्डी भाई और मॉर्टल के साथ पर थकने कहा कि वो लाइनअप से रिलेटेड कोई भी आंसर नहीं करने वाले हैं तो इसलिए कोई भी उनसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना करे गाइज वही नेक्स्ट अपडेट आ रही है बिल्ली की साइड से तो गाइज़ बिल्ली ने ज्वाइन कर लिया है समुराई ई को एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर और साथ ही बीरू ने ओ को लीप कर दिया है बट गाइज देखने वाली बात ये हुई वो कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हैं तो गाइज़ आपके अकॉर्डिंग बीरू कौन सी टीम ज्वाइन करने वाले हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ गाइज़ अभी जो बीरो हैं वो टी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्क्रीम्स बट गाइज़ आपको क्या लगता है वो टी ज्वाइन करेंगे या नहीं मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है कुल्दा ग्रेट की साइड से तो गाइज कुल्दा ग्रेड ने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो फौजी गेम मेकर्स हैं उन्हें ख़राब गेम बनाने और अपने फायदे के लिए आर्मी का नेम यूज़ करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए तो गाइज आपके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा करना चाहिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है सोल अमन की साइड से तो गाइज अमन ने कहा कि वो बी जी आने के बाद कस्टम खेलने वाले हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करने के लिए और रेगुलर स्टीम स्टार्ट कर देंगे तो गाइज कल ब्लेजर स्कूट के कस्टम में माभी के साथ टप्पू सेना नाम से कोई खेल रहा था तो आई थिंक वो अमन हो सकते हैं गाइज आपको क्या लगता है कि वो अमन है या कोई और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ गाइज वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रही है बेलोरैंड के साइड से गाइज बेलोरेंट में आपको न्यू गेम मोड रेप्लिकेशन देखने को मिलने वाला है वहीं पब्जी ने कोल कर लिया है मैकलग्रन के साथ है. तो गाइस मैकलग्रन की सिक्स बिक के स्क्रीन आपको जल्दी पबजी में देखने को मिलने वाली है गाइस तो, हो सकता है बी में भी आपको ये देखने को मिल सकती हैं गाइज वहीं नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिली क्या मिली को लेकर तो गाइज मिली क्या मिली ने ज्वाइन कर लिया एडबिट क्रिएटिव्स को एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर कैज रिसेंटली एडबिट में बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स ज्वाइन हुए हैं तो गाइज आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है बैलो रेंट की साइड से तो गाइज़ बैलो का जो मोबाइल वर्जन है वो अवेलेबल हो गया प्री रजिस्ट्रेशन के लिए टैप टैप एप्लीकेशन पे तो गाइज़ आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है इसके मोबाइल वर्जन को लेकर तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं गैज हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है माँवी की साइड से तो गैज माँवी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में कुल ग्रेट एंड टॉक्सिक तेजल को टैग करके कहा कि अब तो गेम आ रहा है और 65 प्लस के की बॉचिंग भी तो गैज ब्लेजर स्पोर्ट कुल ग्रेट का चैनल है जिस पर स्क्रीम चल रहे हैं और उसकी 65 फ़ाइव प्लस के की बॉचिंग चली गई थी तो इसी को लेकर मावी ने उन्हें टैक किया था गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है अगेन मावी की साइड से तो गाइज़ मावी की जो टीम है और ओ की टीम जो है बॉर्डर सिटी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं तो गाइज़ के अकॉर्डिंग जो बॉर्डर सिटी ड्रॉप है वो किसका होने वाला है आने वाले टाइम में तो गाइज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही अगेन मावी को लेकर तो गाइज जो माँवी स्ट्रीम कर रहे थे तो, तो उन्होंने कहा कि जो हाईलाइट है चैनल हैं वो उनके परमिशन के बिना अगर उनका कॉन्टेंट यूज़ करते हैं तो वो उन्हें स्ट्राइक्स दे देंगे तो गाइज़ माँवी ने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल को स्ट्राइक्स दे दिया है तो गाइज हाईलाइट चैनल वालों से मैं यही कहना चाहूँगा जो उनका कॉन्टेंट वो उनकी परमिशन के बिना यूज ना करें गैस आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर हो गए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गए जरूर से सब्सक्राइब कर दी जाए ऐसी टेली गेमी अपडेट्स देखने के लिए टेक केयर बाय